इंसानों से इतने ज़्यादा मानूस हैं कि करीब आके और इशारों से खाना मांगते हैं ये देखें ज़रा ये ये क्या कर रहा है इशारों से मांग रहा है खाने को असलकम जापान का शहर नारा यहाँ पे एक पार्क है नारा पार्क दोस्त यहाँ पे इन्होंने ये हिरन खुले छोड़ रखे हैं बल्कि ये इनकी हुक्मरानी है यहाँ पर भौंस जमाते हैं लोगों पे और इनसे खाना छीन छीन के खाते हैं जो इनको खाना ना दे उसको मारते भी हैं यहाँ पे ये बच्चे उनको खाना खिला रहे हैं और ये बिस्किट्स हैं जो खरीदे जाते हैं यहाँ पर बेचते हैं ये लोग ये इनको फीड करते हैं और इनको पता चलता है पता होता है कि किसने बिस्किट खरीदे हैं उसके पीछे पीछे ये भागते हैं असल में ये पार्क नहीं है एक पुराने किसी बादशाह का महल है जो यहाँ पे होता था और उसको हिरन से काफ़ी प्यार था वो रखता था यहाँ पे। ये इनके बादशाह हैं साइकिल के जो लृशे होते हैं यही भी यहाँ पर सैर कराते हैं इसकी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 Outri and stain from the people who deceived me but it's break through the chains go free me look of a change look of a pain pulling on my pushing a train i never stop stick to a lane pick up the pieces and go be a ranger i'll be the best above all the rest commit to the test there expect nothing less you check is on chest what's happening next you got the venom tangible weapon no coming in second this life is a lesson you got a new venture from pen to a blessing new focus no guess and just born an obsession all in this possession you got lunch aaj ka pure japanese ये बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ पे और सेकंड फ्लोर पे इन्होंने अपना बनाया हुआ है नीचे इनकी गिफ्ट शॉप है और ये इसका नज़ारा बाहर का इनके बारे में मशहूर है कि ये लोग सैकड़ों साल पुराने स्टाइल से ये सर्व करते हैं ये इनका सेट आ गया ये नूडल सूप है और साथ में नीचे अदरक रखा हुआ है और ये है वो प्लेटर जो इनका सैकड़ों साल पुरानी रवायत है देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है और भूख भड़क उठती है अब इतनी ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन हो तो दिल तो नहीं करता कि इसको डिस्टर्ब करे बंदा बहरहाल खाना भी है ये है बीच में नूडल्स ये इसको सोबा कहते हैं ये तो इसके ऊपर इन्होंने वो हरी प्याज काट के डाल डाल रखी है और ये है आ, अंडा अंडे का ऑमलेट बना के ये याकि तो क्या बोलते याकि ये वैसे फिश का कोई सॉसेज बनाते हैं और उसको बाद में कट करके इसमें डालते हैं ग्रीन प्याज इनके हर सूप में मौजूद होता है और ये बड़ा अच्छा टेस्ट बनाता है इसका सूप का और साथ में ये मशरूम एक रखा हुआ है इन्होंने बीच में मशरूम भी बहुत खाते हैं ये लोग ये भी फिश का सॉसेज है और ये बीच में श्रीम और ग्रीन इन्होंने वो काट के डाली है या बेहतरीन किस्म का खाना नज़र आ रहा है इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है ये नीचे चावल है राइस इनके जैपनीज़ ये गाजर है कैरेट और थोफ भी है और अंडा इधर भी अंडा इन्होंने ऑमलेट को तो उसको बारीक बारीक स्लाइसिस करके डाला हुआ है हर किस्म की मछली भी मौजूद है कमाल कॉम्बिनेशन है ये अदरक है कच्चा अदरक और ये स्लाइस में काट के रखते हैं इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप करता है Say but you never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy Lord I ain't stain from the people who deceived me body and break through the chains don't free me look of a change look of a pain pulling on my pushing a train I never stop stick to a lane pick up the pieces and go where you range yeah. I'll be the best above all the rest for me to the test there expect up the next shit check as I'm chess what's happening next year you got the venom attainable weapon no coming in second this life is a lesson you got a new venture from penance to blessing new focus no guess and just born an obsession all in this possession you got the red